प्यारे भाईयों और बहनों मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हूं। आप सभी का का अभिनंदन करता हूं। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश निर्माण के 66 साल का सफर आपके प्रयासों और आपके संकल्पों का सफर है जिसमें कांग्रेस ने आपका हमेशा साथ निभाया आपका हमेशा सहयोग किया आजादी के बाद से आज तक हमने मध्य प्रदेश को एक विकसित और सुशासित राज्य बनाने का सार्थक कर्म किया है परंतु सफर पूरा नहीं हुआ है हमें लक्ष्य तक पहुंचना है आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि हम मध्य प्रदेश की पहचान को विश्व में यश के साथ स्थापित करेंगे सबको साथ जोड़ेंगे अपराध भ्रष्टाचार बेरोजगारी महंगाई और कुपोषण जैसे दागों को मध्य प्रदेश से मिटाएंगे और प्रदेश की जनता को सुंदर सुखी और खुशहाल जीवन देने के लिए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे आइए ऐसे मध्य प्रदेश की स्थापना के लिए हम मिलकर हम जुड़कर हम एक होकर साथ आगे बढ़ें आपका साथ और आपका संकल्प मध्य प्रदेश को आपके सपनों का प्रदेश बनाकर रहेगा मध्य प्रदेश निर्माण के इस सफर में आपका कमलनाथ आपके साथ है जय मध्य प्रदेश विजय मध्य प्रदेश